हेलो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी कुछ इस तरह के फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या फिर फोटो एडिटिंग करवाना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करें और कमेंट में लिखें हाँ तो मैं कमेंट बॉक्स में इस ऐप का लिंक दे दूंगा अगर एक बार लाइक